जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहाँ पर इसी वजह से जानमाल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेजमो मीटर लगाए गए हैं, जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेजबो ने बारह सेकेंड पहले ही दे दी और समय रहते तीस ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया जिसमें से 32 ट्रेनों को जानमाल के खतरे से बचा लिया गया और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई डाइज आपको सेजमा मीटर की टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलते अगली वीडियो में